स्वागत है आपका TrueGadgetReview.com में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी भी इमेज का ऑल टेक्स्ट कैसे ढूंढ सकते हैं जैसे कोई इमेज किसी वेबसाइट पर पड़ी हुई है आप उसका ऑल टेक्स्ट कहां से निकाल सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम TrueGadgetReview.com का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमने ये आर्टिकल खोल के रखा हुआ है अब नीचे आपको आना एक इमेज देखनी है जैसे मुझे ये इमेज दिख रही है गूगल पे की मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा उसके बाद inspect, inspect पर आपको क्लिक करना है नीचे आपको देखना है यहीं पे ऑल्ट नाम का छोटा सा टैग होगा, आपको वही देखना है जैसे ये दिख रहा है ना ऑल्ट तो इसका ऑल्ट टेक्स्ट है जीपे अर्निंग ऐप तो ऐसे ही दोस्तों आप हर किसी वेबसाइट की किसी भी इमेज का आप ऑल टेक्स्ट आसानी से फाइंड कर सकते हैं